नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में से दो बॉर्डर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेहदी के कथित आरोपों को लेकर के दलित व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में तथा हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग सिखों के गुट के मुखिया के साथ भाजपा नेताओं के फोटो होने और फोटो सामने आने को लेकर के हरियाणा की सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुगल से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कानून हाथ में लेकर के किसी की भी तरह इस तरह से बेरहमी से हत्या की जाए सांसद ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखे संदेश को पढ़कर के सुनाया सांसद ने कहा कि इस समय घटना की हम निंदा करते हैं और इस घटना में जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है जिन लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है और लोग जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई कर रहा है कुछ लोग गिरफ्तार भी किया जा चुके हैं फदेबाद में महर्षि ऋषि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में सुनीता दुगल पहुंची थी उन्होंने इस दौरान गुरु ग्रंथ साहब में लिखे मानव कल्याण से संबंधित संदेशों को बोलकर सुनाया वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा चालीस टिकट महिलाओं को दिए जाने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो सांसद सुनीता दुगल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनाव में 50 फीसदी तथा भागीदारी दे चुकी है और महिलाओं को और उनके सम्मान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास भी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सात महिलाओं को जगह देकर के महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है सांसद सुनीता दुगल ने आज फतेहाबाद में महर्षि जयंती के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की इस दौरान सांसद सुनीता दुगल ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वाल्मीकि धर्मशाला में सांसद से बने कमरों का उद्घाटन किया आप देखें रहे पल पल की एक खास रिपोर्ट आज यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि में हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तरफ से ग्राट भी गई थी जो कमरे बने हैं उनका उद्घाटन था इसके साथ शोभा यात्रा है और सभी लोगों के बीच में आकर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को मनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है तो और इसी उपलक्ष में मेरा यहाँ पर आ जाना जाता है एहलाबाद का चुनाव चल रहा है जी। उसके अंदर आपकी कैसी तैयारियाँ है बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं और मैं आपको बताती हूँ की आपकी बार आप देखना की एहलाबाद में जो है वो एक अलग ही तरह का इतिहास रचा जाएगा और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में कमल कब कुछ मिलेगा हमारा जो बीजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है भाई वो आपने दुआ दुआ से यूपी के अंदर प्रियंका गांधी ने चालीस फीसदी महिला आरक्षण सीट देने की आप महिला हो कैसे देखते हो जी आप देखिए हम लोग तो हमारी सरकार ने पहले ही आपने देखा होगा की चाहे पंचायत की बात करें चाहे म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो हम लोगों ने तो पचास पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है और बहुत सी महिला सरपंच देखते होंगे की कि कि कितना तरक्की के रास्ते पर है और बहुत काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से और खासकर जो हमारी पार्टी है उसके अंदर भी अगर आप देखें और आपने देखा होगा कि दूसरे से सात महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो मंत्री बनाया तो हमारी सरकार तो पहले से ही और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो पहले ही जो है महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही पंजाब सिंह बॉर्डर के ऊपर एक दलित की कृपान से उसकी हत्या कर दी गई है बेदबी को लेकर एक दलित है आप उसको कैसे देख रहे हैं और कई नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ बैठ के खाना खुना करते हैं उसको देख के किसान भी इसको पूरा करे क्या कह कर रहे हैं देखिए ऐसा है की ये जो काम हुआ है ये बहुत ही घृणित है और इसकी जितनी निंदा की जा सकती उतना कम है और मुझे लगता है की हमें शासन प्रशासन कानून अपना काम कर रहे हो कि आप जो है कानून को अपने हाथ में लेकर हत्या किसी की करें अगर आप देखिए कि हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बनते एक नूर तो सब जब उपजे कौन पले कौन मंदिर